आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट सारे सेशंस देखे यस यस लो अच्छा था <का> <laughs> किसी की याद आ गई <laughs> तो ऑलमोस्ट सबने देखे हैं yes. उल्टा सीधा वाला सेशन देखा है yes, yes. उसमें मैंने कितने पुषअप्स मारे थे पच्चीस तो आज 250 सौ पुषअप्स ने तैयार तैयार हो yeah! आओ करो फिर <laughs> सच, सच बताना झूठ नहीं बोलना सच बोलना है कितने लोगों को वो जो मेरा उल्टा सीधा वाला सेशन था वो समझ नहीं आया एक आपको नहीं आया और कोई दूसरा आपको नहीं आया नहीं आया ऊपर से निकल गया नॉर्मली मैं कमेंट्स पढ़ता नहीं हूँ यूट्यूब पे और फेसबुक पे बट मैंने कहा एक बार पढ़ के देखता हूँ क्या है तो मुझे सबसे ज्यादा मज़ा पता है किसके कमेंट्स पढ़ने में आ रहा था लड़कियों के कमेंट्स बड़ा मजा आ रहा था मतलब उनको ज्यादातर को एक्सेप्शन देर ज्यादातर को सेशन से कोई मतलब नहीं है कि मैंने क्या बोला अच्छा है बुरा है उनको कोई मतलब नहीं है उनके कमेंट पता क्या रहे सो स्वीट आई लव यू ऐसे ऐसे कमेंट्स तो मैं पढ़ रहा तो मैं सोच रहा कि इनके दिमाग में क्या आता होगा ये वीडियो बेकार है इसमें शर्ट अच्छी ये बेकार है इसमें इसमें बहुत सीरियस हो बेकार तो ऐसी और भी कुछ चीजें आती हैं आप लोगों के माइंड में बताओ खुल के बताओ तो और अभी भी दिख रहा है आपको लाक्षेस, लाक्षेस। ये और लड़कियों को ही दिखता है आज तक लड़किया नहीं रहेगा ये, ये और तो अच्छी वाली फील आती है अच्छी वाली थैंक यू जीचर अच्छा अपोजिट पोल्स था। ये अच्छा था और कुछ आपकी आवाज मैजिकल। है। मेरी आवाज <laughs> मैजिकल। मैजिक फिर एक लड़की आ गई <laughs> कोई लड़का भी कुछ बोलना चाहेगा हाँ एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता तो है <laughs> इन्होंने है जिसने सुना नहीं है, मैं बोल देता हूं, है कि आप शादी के बाद भी इतना कैसे बोल लेते हो इसीलिए तो बोल लेता हूँ घर में मुझे बोलने का मौका मिलता नहीं है घर में चुपचाप बैठा रहता हूँ तो सारी बड़ास यहाँ पे निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने हा? और कोई मजेदार बात तो तो मेरी जान आपको देख के लग ही रहा है जैसे आप आये हो छाये हुए आप ही को देख के करने वाला आज का मैं सेक्शन, आप हो और मैं हूँ हम दो हम दो, लेकिन हमारा एक भी नहीं होता होगा आई एम श्योर कि जब वीडियो चल रही होती है तब तो माइंड में आ रहा होता है बस अब तो हो गया था था। अब तो मैं फाड़ मैं ये कर दूंगा और वीडियो खत्म होने फट जाती है अबे अब क्या करूं वीडियो तो खत्म हो गई सपनों की दुनिया से बाहर आ गया अब मैं क्या करूं पेपर में तो जाता है चलो कुछ आता नहीं है मगर मोटिवेशन तो है कुछ तो करेंगे आगे पीछे से कहीं से कहीं कुछ तो करेंगे आप इस उम्र में भी पेपर दे रहे हो मजाक कर रहा बोल तू मुझे क्यों बता रहे की जाऊँ या ना जाऊँ <laughs> बात है। आए जाने वाले होते हैं ना जैसे घर पे जाते मंडली बना लेते हैं करा लो जी <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कैसे बोलते हैं दोबारा से बोलना <laughs> <laughs> कैसे नहीं मजा आ रहा है थोड़ा <laughs> <laughs> ने, ने, ने, ने, हाँ. कोई दिक्कत तो नहीं ना वीडियो वीडियो में आ, चलता है <laughs> तो क्या होता है जब वो लो लोग बैठते हैं क्या बोलते हैं <laughs> पापा बुला दे से बोला अच्छा थोड़ा प्यारा नाम है यार उस विज्ञान का नंबर कितना है मैंने अंदर जी ऐसे ऐसे नंबर आया मैथ्स में 90 आया केमिस्ट्री में 90 बायो में 60 परमिति करा लो इसे परमिति करा लो परमिति करा ले दूसरे अंदर बैठ रहे थे परमिति पूछने गए नी रेटिंग बताओ जेई मेंस की परचेस से तो पूछो बच्चा तो कैसे चला जाता है तीसरे अंकल क्या करते हैं तीसरा अंकल जो करते रहता है अच्छा यहां को जाते रहते हैं बनियान उठा के ऐसे ही मैं ये जानना जाता हूं कि हम जैसे उस पे क्या करेक्ट कर उस जाते <laughs> जाते उनकी को तोड़ दो आपस में फूट पड़वा दो उन लोगों ने एक बोलते हैं फार्मेसी करो एक बोलते हैं इंजीनियरिंग करो तो आप बोलो अंकल मैं कंफ्यूज हूँ मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए और उन दोनों आपस में लड़वा दो डिवाइड एंड रूल सीधा सा फंडा है उन्होंने फार्मेसी का बोला था फिर उन्होंने एक बार ये भी बोला था इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहा करना मैं ना एक्टिंग करना चाहता हूँ मैं तो सोचा था कि मैं अपनी लड़की से मिलाता कि मिला था की राय देगा कर रहे हो आप एक इंसान बेचारा एक्टिंग ही तो करना चाह रहा है भाई लोगों के क्या हो रहा है हमारे इस कंट्री में देश में क्या हो रहा है एक्टिंग करता नकली कर किसकी उसके लिए, लिए <laughs> <आ? laughs> ऐसे अंदर से दारू पीना बहुत गर्म चीज होती है क्योंकि दारू पीने मैं उधर बैठा मेरी बात नहीं आज मैं मैं दुनिया दुनिया आपको दिखा के पी ऐसे मतलब मुंह मुंह तो नीचे कर लो। बेशर्मा अरे दारू है पानी से इतनी एनर्जी कहाँ आएगी सबको मोटे पतले का बहुत होता है मुझे भी है तो एक बार मैं खड़ी थी तो वहाँ पे दो लड़किया जा रही थी तो मेरे से कह रही ये देख देख स्केले, स्केलेटन तुझे स्केटन कह रही कौन था वो बदतमीज़ इंसान <laughs> सर दो लड़कियाँ थीं दो लड़कियाँ थी, दो थी।, और... थी। फिर आपने कुछ कहा स्कूटी चलाते एक पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया तो कह रहे की ये बताओ स्कूटी किसके मेरी झूठ मत बोलो स्कूटी किसकी है ये बस सर मेरी स्कूटी है ये देखो बच्चे देखो, बोलते, देखो देखो देखो बच्चे कैसे कैसे झूठ झूठ बोलते बोलते फिर ऐसे में जा रही थी एक अंकल बोले कि मेरी मतलब खोपड़े घुमाए कह रहे रोटी क्यों नहीं खाती हो <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> गया ये ये क्या मिनट ज्यादा हो गया मतलब आप वहां पे थे <laughs> और ऐसे पाड़ के ऐसे घुमा दिया और खोपड़ी भी घूम गई पूरी घर आके बताया मम्मी मम्मी ऐसे थोड़े तो तो खड़ा कर दिया मैं बहुत रो इस बार लेकिन अब ऐसा होता है मैम कहती है जिसको बात करो मैं सच में चली गई कितनी लड़की है Creative field में इसलिए जाना चाहती थी because एक object के पीछे भी है माईक क्या सोच रहा होगा like तो मतलब हाँ। हो मेरे को बाट रहे कितनी देर से इंसान ने पकड़ रखा है इंसान अच्छा है तो माई तो खुश हो रहा होगा वैसे मेल है मेल है होता है माइक माइक माइक होता होती थोड़ी खुश हो गया बाइबल में ऐसा लिखा है कि really आपने खुद अपने सेशंस में बहुत बार ऐसा बोला है कि अगर हम सच में वो चाहें चाहेंट so इट कितने चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत तगड़ी मेजॉरिटी है आपके पास अब आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी बंदा सही लगता है पर मैं नहीं हाँ। तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ऐसा बाइबल में लिखा है और सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है और भी बहुत लोग बोलते हैं डायलॉग भी है एक मूवी का कि अगर किसी को हम हाँ किसी चीज़ को हम शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उस चीज़ को हमसे मिलाने के लिए लग जाती है वट बट इसको अगर आपको एक्चुअल समझना है कि कैसे होता है साइंटिफिकली एक तो है कि हम मान रहे हैं मानना मतलब क्या होता है अंधविश्वास कुछ भी मान रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज यहाँ पे समझने वाली है सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है चाहते तो बहुत लोग बहुत कुछ है सिर्फ एक्शन से भी कुछ नहीं होता है जब हम चाहते हैं किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या कुछ भी हम चाह रहे होते हैं तो होता क्या है हमारी जो थिंकिंग है वो उस डायरेक्शन में चलने लग जाती है अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में एक वो जो पागलों की तरह उस तरह भागते चले जाते हैं बिना अपना दिमाग लगाए दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन्स टू गेट इट दे जस्ट वॉन्ट इट बाई एनी मीनस बट दे आर नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट कि रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का समझे जैसे इट्स जस्ट दैट कि वो हमारी मंजिल है किसी चीज को हम चाह रहे हैं कुछ दैट इज अ डेस्टिनेशन बट उसके बारे में हम कितना भी चाहें एक बात हमको बिल्कुल क्लियरली समझनी है कि वो डेस्टिनेशन खुद चल के हमारे पास नहीं आने वाले इसपे काम करके यानी कि अपनी चाहतों पे ना काम करके अपने आप को इस लायक बनाओ कि दुनिया में जो भी चीज आपको चाहिए जहां तक भी आप सोच सकते हो उससे लाख गुना ज्यादा कुछ चल करके आपके पास आ जाए हाय सर हाय जी एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ बिजनेस या फिर जॉब जो भी हो सकता है, सब तो नहीं है, सकते, कौन है। आ, तो दोनों में से कुछ भी जो भी हो सकता है तो सर वो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं तो होता है ना कि चार नाव पे पैर रख के चल रहे हैं कब गेंगे नीचे कभी ना कभी तो अभी वो बस टाइम आने वाला है यह आप लड़कियों की बात कर रहे हैं जॉब बिजनेस की बात कर रहे हैं सर शादी हो चुकी है अच्छा शादी हो चुकी है उसके बाद भी तीन और हैं शादी क्या घर जागे मेरे सारी वीडियोज देखेंगे तो थोड़ा सा नया जवाब देना सर प्लीज़ बिल्कुल नया दूँगा आपको आज से पहले मैंने दिया ही नहीं होगा ऐसा जवाब जवाब दी डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन सुन कर देखो आज ये राज पास हो ही जाना चाहिए कई सेशन से में से पूछा पानी नहीं है वैसे लेकिन क्या है आपको देखते कौन बता पाएगा सर सर। मुझे आईडिया है, ग्रीन ग्रीनटी नहीं है अरे भाई साहब ने नहीं सीने के बाद भी नहीं बताया सिनेमन नहीं है सब हार गए बिग हैंड फॉर इम भाई साहब के वही थे ना जिनके मैंने भी पैर छुए थे अरे अरे गुरुजी जी कहाँ हो <laughs> अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी जी गुरु प्लीज रेडी है आप कुछ बोलना चाहते थे ना आइए स्टेज पे माइक लीजिए मैं वहां पर आ रहा हूँ